बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती धरती को धूप में जलना पड़ता है बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती धरती को धूप में जलना पड़ता है शहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है समा परवाने को जलना सिखाती है शाम सूरज को ढलना सिखाती है समा परवाने को जलना सिखाती है शाम सूरज को ढलना सिखाती है मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती हैं